नमस्कार किसान साथियों आप सभी के चैनल एडवांस किसान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा थाई एप्पल बेर की खेती कैसे करते हैं हमने हमारे बगीचे के अंदर 40 से 50 की क्वांटिटी के अंदर थाई ऐपल लगा रखा है जो कि ग्रीन थाई एप्पल है तो मेनली थाई एप्पल के अंदर दो तरह की क्वालिटी आई जा, पाई जाती है एक तो आ, आपका जो बेर का कलर आता है वो आता है रेड और दूसरा आता है आपका हरा और ये थाईएपल का जो पौधा है वो अभी दो महीने का हो गया है और आपको सबसे मेनली जो इस पौधे के अंदर जो मेन काम करना है एक तो आपको जहाँ से ये कटिंग है देखो यहाँ से ये कटिंग हो रखी है ठीक है जैसे आप देख पा रहे होंगे इस कटिंग पे से जो ये प्लास्टिक जो पन्नी लगी रहती है इसको सबसे पहले आपको अट्ठा देना है ठीक है दो महीने के बाद में आपको ये काम करना है उससे पहले आपको ये काम नहीं करना है ठीक है आसपास आपको साफ़ सफाई रखनी है ताकि किसी तरह की खरपतवार यहाँ पे नहीं होगी देखिए यहाँ से मिट्टी देखिए आप कितनी सॉफ्ट है बिल्कुल यानी ठीक है तो इस तरह की आपको इसके आसपास आपको क्या रखनी है मिट्टी रख दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर जो मेनली रोग आते हैं उन रोगों के बारे में हालाँकि अपने बगीचे के जितने भी पौधे हैं सारे स्वस्थ हैं क्योंकि उनके अंदर मैं एक विशेष तकनीक का यूज़ करता हूँ एक तो मैं वाटर सप्लाई के लिए मैं ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर रहा हूँ सबसे मेनली ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करता हूँ ड्रिप इरिगेशन भी आप लोग तो कितनी दूर रखनी है देखिए कम से कम पौधे से चार और दो छः अंगुल लगभग इतनी दूरी पे तो आपको रखना आवश्यक है देखिए ये मैंने कल पानी लगाया था इसके अंदर तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नमी है यहाँ पर और ये पौधे के लिए बिल्कुल ठीक है तो पन्नी आपको क्या करनी है अट्ठा देनी है इन पौधों की अभी पन्नी हटी नहीं किन किन पौधों कोई कोई पौधों की बाकी आपको ये अट्ठा देनी है ठीक है क्योंकि रेनी सीजन आपका जा चुका है इस वजह से अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है और इस पौधे की आप ग्रोथ देख लीजिए इस पौधे की आप ग्रोथ देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त ग्रॉथ है बहुत ही शानदार ग्रोथ अब मैं आपको अपने तीसरे पौधे के पास लेके जाता हूँ ये पौधा आप देख पा रहे होंगे ये पौधे के पास आपको एक तो क्या करना है इसके सपोर्ट के लिए इसके सपोर्ट के लिए आपको एक डंडी लगा देनी है ताकि इसको सहारा बना रहे लगा रहे और इसके अंदर आप फ्लावरिंग भी चालू हो चुकी है देख पा रहे होंगे आप इसके अंदर अभी फ्लावरिंग चालू हो गई है और बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग आ रही है छोटे छोटे पौधों में हालांकि इस बार हम इनका कोई भी फल हमारी लेने की मंशा नहीं है क्योंकि अभी जो पौधे की जो रूट हैं वो इतनी विकसित नहीं हुई है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है ये छोटे छोटे फूल हैं इनको हाथों से ही आपको हटा देने हैं अभी हम थोड़े बाद में हटाएँगे इसके बाद में हम अपने एक चौथे पेड़ के पास आपको और दिखाते हैं और जो मेनली जो रोग होता है जो रोग होता है इनके अंदर रोग के बारे में मैं बात करूं, तो इस पौधे के अंदर आप हाँ देख पा रहे होंगे इसके अंदर कुछ रोग आया हुआ है और ये आया है एक पत्ती छेदक इसमें आपके क्या होती हैं पत्तियां आपकी जितने रस चूसक वगैरह होते हैं कि कीटनाशक होते हैं ये आपकी पत्तियों को क्या कर देते हैं चूस लेते हैं और इनके बीच में छद छेद कर देते हैं ठीक तो इनके लिए आपको करना क्या है इनका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं, तो ट्रीटमेंट के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है इसके अंदर आपको हर पंद्रह दिन के अंदर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है नीम ऑयल का स्प्रे नीम ऑयल वो भी कौन सा यूज़ करना है दस हज़ार पी, पी के अंदर जो नीम ऑयल होता है या तो होममेड हो या फिर कहीं भी ए, किसी दुकान पे आपको अवेलेबल हो जाए इस पौधे की ग्रोथ देखिए आप टू मंथ्स का पौधा है और ये ग्रोथ देखिए फ्लावरिंग लगातार जारी है और कितना स्वस्थ पौधा है ये कितना स्वस्थ पौधा है किसी तरह की इसके अंदर कोई बीमारी देखने को मिल नहीं रही बहुत ही अच्छा फूटान लगातार बना हुआ है और फ्लावरिंग आप देख ही पा रहे होंगे तो दो महीने के पौधे के अंदर ये सबसे मुनाफे की खेती है आपकी एप्पल बेर की थाई एप्पल बेर आप उगाइए करिए इसकी खेती ये किसानों को 100 परसेंट मेरा अनुभव है कि 100 प्रतिशत ये मुनाफा देकर जाएगा और परंपरागत खेती के बजाय और जहाँ तक हो, हो सके तो आपको ऑर्गेनिक करना है एप्पल वेर खासतौर पे अगर आप ऑर्गेनिक रिजल्ट देखेंगे इन पे ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं है एक्चुअल के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आती नहीं है इसके अंदर बहुत नॉर्मल बीमारियाँ आती है नॉर्मल बीमारियों के अंदर बस एक ता आपका छेदन वाला जो रोग है वो आ जाता है इसके अलावा इसके अंदर और कोई सा रोग आता नहीं है ठीक है मैं पानी सप्लाई इसके अंदर वाटरिंग लगातार कर रहा हूँ वाटरिंग लगातार मतलब तीन से चार दिन के अंदर मैं इनके अंदर वाटरिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस बार इनके फल तो मुझे लेने नहीं है तो इस वजह से मैं इनकी वाटरिंग अगर किसी को फल लेना हो तो आपको वाटरिंग क्या कर देनी है तो रोक देनी है अगर आपके पौधे बड़े हैं और आपको फल लेना है तो उसकी वोटरिंग आपको नहीं करनी है ये विशेष तौर पे आपको याद रखना है इसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ इस जो आपकी कटिंग है इस कटिंग के नीचे से जितने भी आपकी ये रूट निकल के आती हैं इनको आपको क्या कर देना है हटा देना है और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको खरपतवार बिल्कुल नहीं रखनी ठीक है तो यही आज के वीडियो के अंदर कुछ परामर्श था कि आपको किस तरह से इन पौधों की क्या करनी है देखभाल करनी है तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके धन्यवाद थैंक यू सो मच